खुशी खुशी खुशी खुशी हर हर चीज चीज सीखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, साथ साथ में में हिम्मत हिम्मत से से दुनिया बहुत काम आने वाला है पहले मैं उसको समझा देता हूँ आपको माना कोई समान जिसका पहला पद है तीन ठीक है और सार अंतर है सार्वल अंतर ठीक है तो पहला पद ये हुआ मतलब a1, a1 तो हुआ a2 क्या होगा? इसमें तो मतलब क्योंकि हमें पता है कि समांतर की डेफिनेशन क्या होती है कर्मागत दो पदों का अंतर नियत होता है और वो नियत अंतर क्या कहलाता है सार अंतर इसके अगला पद क्या होगा a3 थ्री बराबर ग्यारह जोड़ दो पंद्रह ए फाइव बराबर उन्नीस और ऐसे चलते जाओ ऐसे अगला पद आता जाएगा अब देखो ये क्या है a है मान लो कोई पद है ए तो उसका अगला पद कैसे निकाले उसके अगले पद में a प्लस डी जोड़ दो अब या तो इसमें डी जोड़ दो देखो इसमें क्या करा चार जोड़ा या फिर इसमें टू जोड़ दो देखो इसमें अगर हम आठ जोड़ दें तो भी आ जाएगा क्योंकि इसमें दो अंतर ला रहे ना, और दो तो आठ जोड़ देंगे तो भी ग्यारह आ जाए ये बतलाने के लिए तो इसमें भी जोड़ो A प्लस D प्लस डी तो ये A प्लस टू हो जाएगा या फिर इसमें टू जोड़ दो ए प्लस टू डी टू डी क्यों अंतराल और अंतराल कितने हैं, हैं है? सिर्फ दो एक तो ये पहला हो गया देखो एक लकड़ी होती है क्या होती है एक लकड़ी हम उसको तीन भागों में बांटना है कितने भागों में तीन भागों में तो देखो एक तो यहां से कट करना पड़ेगा एक यहां से जिसमें तीन भागों में कट जाएगी ना देखो एक दो तीन तीन बार कर दो तो अंतर कितना होगा तीन पदों के बीच में दो का दो होगा ये ये तो चलता जाएगा अब मैं पूछू भाई बहुत आगे एनवा पद क्या होगा एनवा पद होगा ए एन बराबर देखो ए तो जुड़ ही रहा है प्लस एन माइनस वन डी n माइनस वन डी कैसे देखो ये दूसरा पत्ता इसमें D था ये तीसरा पत्ता इसमें टू डी था ये चौथा पत्ता इसमें थ्री डी था तो में में क्या होगा सब ये दिख रहा है कि D के साथ एक कम है तीन से एक कम, दो, है, दो से एक नहीं तो यही बात है कि पद होगा ए प्लस एन माइनस वन डी मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको समझ में आ गया आ गया होगा तो इसको ए एन को बोलते हैं व्यापक पद भी बोलते हैं व्यापक पद भी बोलते हैं तो आपको ये लिखना है समांतर श्रेणी का व्यापक पद एन बराबर a प्लस एन माइनस वन गुणा डी आपको n माइनस वन का मैंने समझाई दिया क्यों आ रहा है क्योंकि जिसे अगर n दसवा है तो उसमें नाइन डी जुड़ेंगे ना ठीक है जहा एन तो क्या है एन व ये क्या है प्रथम पद पर। एन क्या है एपी में पदों की संख्या एपी में पदों की संख्या इसे लिखवा देता हूं एपी में पदों की संख्या समांतर दशरे में पदों की संख्या डी क्या है ये फॉर्मूला आपको नोट करना है और मैं एक बार एक चीज और बता देता हूं आपको एक लिख लेता हूं मैं कोई भी एपी मेरे हिसाब से हम्म अब देखो एन तो क्या है एनवा पद मैं बोलू इसमें चौथा पद क्या है a4 क्या है तो a4 फोर का अब गांत उत्तर होगा 11 है ठीक है मैं बोलू एपी <laughs> में पदों की संख्या बताओ तो पदों की संख्या होगी पांच ये होगा एन एन का मान तो देखो पांच है और एन का मान है भाई ए एन कौन सा चौथा पद कौन सा है पांचवा पद कौन सा है छठा पद कौन सा है और ए क्या है प्रथम पद हो गया डी क्या है इन दोनों के पदों का अंतर वैसे भी दो पदों का अंतर अंतर ठीक है तो आप नोट कर लो ये चीज देखिए दोस्तों पहले दो का करना क्या, क्या फॉर्मूला तो इसवली में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी उसको रख भी लो और समझ भी लो सोल्यूशन देखिए दी गई समांतर श्रेणी दी गई समांतर श्रेणी दो सात बारह इसमें आप पहला पद बता सकते हो मुझे तो ए बराबर तो दो है तथा डी बराबर क्या होगा डी बराबर होगा ए टू माइनस ए वन कर्मागत दो पदों का अंतर तो कर्मागत दो पद मतलब ए टू माइनस ए वन ए टू क्या है सेवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव तो बी का मान क्या आया 5 इसको बीपे में बंद कर लो ए वी में पता है तो बस हमारा काम हो जाएगा एपी का या समांतर श्री का एन वा पद या व्यापक पद बोल लो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुण डी इसको आपको याद भी करना और समझ भी समझ भी लेना है क्योंकि समझा तो दिया ही है A है, हमें कौन सा पद निकालना है? A T, निकाल दसवा पद A, ए, ए तो हमने निकाल लिया 2, प्लस n क्या है खुद ही बोल रहेगा कि समाज दसवा पद निकालना है तो दसवा पद के लिए n हो गया 10, माइनस 1 गुणा दी, दी क्या है पांच इसको आगे सोल्व करो ए टे ज इक्वल टू टू प्लस नाइन मल्टीप्लाई फाइव तो दो प्लस पैतालीस ये हो गया सैतालीस तो दसवां पद क्या होगा सैतालीस तो नोट कर लीजिए दोस्तों तो इसको अब देखिए प्रश्न नंबर एक का दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए काम समान करना है इस बार अठारह पर निकालना है सेम तरीका लगा दो दी गई ए पी रूट दो तीन रूट दो पांच रूट दो डे डे डेस ए बताओ रूट दो तथा डी बताओ डी होगा ए टू माइनस ए वन ए क्या है तीन रूट दो माइन ए वन क्या है रूट दो इन रूट दोनों से एक रूट दो गया तो दो रूट दो डी आ गया ए आ गया लगा दो फॉर्मूला ए का एन व पद एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी तो ये तो क्या है दोस्तों देखिए रूट दो प्लस हमें कौन सा पद निकालना 18 अठारवा तो a 18 तो n बराबर क्या आया 18 माइनस ए डी क्या है दो रूट दो देखिए a 18 बराबर रूट दो प्लस सत्रह चलो लिखी देता हूं एक बार 17 गुना दो रूट दो रूट दो प्लस सत्रह गुना चौंतीस रूट दो तो ये कितने हो गए टोटल रूट दो तो ए अठारह क्या आया दोस्तों पैतीस रूट अवर टू थर्टी फाइव रूट अवर टू नोट कर लीजिए या एक लाइन और लिख देना पिछली बार नहीं लिखा हमने अत एपी का अठारवा पद पैतीस रूट दो है है पद पैतीस रूट दो है अब देखिए दोस्तों नंबर दो में करना क्या है समांतर समानी इक्कीस अठारह पंद्रह कोमा का कौन सा पद माइनस इक्यासी है देखो इस बारे क्या पूछ रहा है जैसे पहले हम क्या निकालते थे भाई ए थ्री ए थ्री निकालो तो ए आ जाता था जैसे पंद्रह आ गया इसमें भी ए थ्री पंद्रह है इस बार ये नहीं पूछा भाई ए कौन सा पद है इस बार पूछा है फंदर, कौन कौन पद पद है है है तो है तीसरा पद पंद्रह तीसरा पद है जैसे अठारह कौन सा पद है तो ए उसी प्रकार पूछा भाई माइनस इक्यासी कौन सा पद है इक्यासी कौन सा पद है तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना सेम काम करना सोल्यूशन देखिए बिल्कुल भेज ही दी गई एपी 21, 18, पंद्रह को मार देस एज इक्वल टू ट्वेंटी वन था डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए टु वन ए टू क्या है दोस्तों 18 माइनस ए वन इक्कीस तो आया माइनस तीन तो डी का मान क्या आया माइनस का तीन एमर एट अब क्या करेंगे एन पद वाला फॉर्मूला लगा दो एपी का या समांतर श्रेणी का व्यापक पद व्यापक पद इसको क्या लिखते हैं एनवा पद एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन घूमे डी एम आर अब देखिए हमें क्या दे देखा इस बार n ज्ञात करना है इस बार क्या ज्ञात करना है? है? n n ना कि ये कौन से नंबर का पद है? वही तो है तो देखो हमें बराबर तो हमें माइनस का इक्यासी दे रखा है इस बार माइनस का इक्यासी a क्या है ट्वेंटी वन प्लस n हमें ज्ञात करना है और हमें दे रखा है माइनस का तीन तो माइनस इक्यासी इक्कीस प्लस देखो ये माइनस तीन जब एन से गुणा होगा तो माइनस का तीन एन होगा माइनस का तीन एन और यह माइनस का एक और माइनस का तीन गुणा होगा तब प्लस का तीन होगा तो देखो ये तीन ये तो कितने जाएंगे चौबीस इधर देखो हो जाएंगे चौबीस इक्यासी प्लस के हो जाएंगे इक्कीन पिछयासी के चारण एक सौ पांच तीन एन बराबर तो एन बराबर क्या होगा एक सौ पांच बटा तीन भाग जाएगा तीन बार और पांच बार पैतीस वैसे भी एक सौ पांच होते हैं तो जो ये इक्यासी है वो कौन से नंबर का पद अठारवा पद है अर्थ है माइनस एपी का अठारवा पद पैतीसवा पद है सॉरी पैतीसवा पद है माइनस एपी का पैतीसवा पद है तो बस ये सेकंड डायरेक्टर क्वेश्चन था नोट कर लीजिए दोस्तों इसको अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो का तीसरा क्वेश्चन तीसरे को बताने से पहले मैं आपको दूसरे के बारे में जानकारी दे देता हूँ देखो दूसरे में करना क्या है a बराबर तो है चौरासी और d बराबर ए टू माइनस ए वन बराबर 80 माइनस चौरासी बराबर माइनस का चार और जो ए एन है वो होगा जीरो ठीक है तो आप इसको स्वयं कर लेना मैं क्वेश्चन नंबर दो का तीसरा करवा क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है अब देखो अभी याद करो जिसमें कोई ना कोई पद होगा तो एन का मान क्या आना चाहिए पूरे में से पूरा क्यों मैं अगर आपको पूछूँगी आपके परिवार में कितने सदस्य है तो आप बोलोगे चार या पांच या छह कभी ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि साढ़े चार आदमी हमारे घर में तो भाई साढ़े चार सदस्य हमारे घर में नहीं तो अंक भी जैसे पद होंगे तो पद या तो दस होंगे या बीस होंगे तीस होंगे पांच होंगे छह होंगे लेकिन साढ़े पांच तो नहीं होंगे ना भाई ये पद है देखो अभी जैसे ये पद है एक दो तीन चार कभी ऐसे साढ़े चारवा पद कौन सा होगा भाई इसमें ये साढ़े तीनवा पद कौन सा है नहीं है ना ऐसा तो पद क्या होते हैं एक पूर्णांक में आते हैं सोल्यूशन देखिए इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया अनुक्रम 5, पांच ग्यारह सत्रह तेईस डे a बराबर है 5 तथा d बराबर है ए टू माइनस ए, वन, ए टू है 11, a1 है 5 तो d बराबर आया 6. अनुक्रम या ap का एलवा पद वाला फॉर्मूला लगाइए तो अपन ap लिखे हैं ए पी का एन व पद या इसको क्या बोलते हैं व्यापक पद तो देखो योगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन बुने कोई ना कोई पद होगा तो एन का पूरा पूरा मान आएगा ए पांच निकाल रखा है हमने एन हमें याद करना है वन है और डी हमने छह निकाला है इसको मैं साफ कर रहा हूं तो आगे देखिए आप तीन सो एक बराबर पांच प्लस छ एन माइनस छुना होगा छ एन जब छ माइनस एक से गुणा होगा माइनस छ देखो ये पांच माइनस छ मिलके तो बन गया माइनस एक प्लस छीन सौ एक ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो छबर तीन सो दो एन बराबर तीन सौ दो इनको दो से कार दो एक सौ इक्यावन बटा तीन तो अब एक सौ इक्यावन बटा तीन तीन का भाग दो देखे पांच बार गया फिर आया एक, एक जीरो तो फिर फिर लग जीरो तो लगने पर कितने बार जाएगा दस में भाग तीन का तीन बार फिर बच गया एक, एक में लेकिन। फिर भाग नहीं जाएगा तो मतलब एक बटा तीन बज जाएगा तो ऐसे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो जब एन का मान पिक्स नहीं आ रहा है एन का मान पूरा पूरा नहीं आ रहा है पूर्णांक नहीं आ रहा है तो क्या कोई एन ये तीन सौ एक उसका कोई पद होगा नहीं होगा क्योंकि एन का मान पूरा पूरा आना चाहिए था का मान पूर्णांक नहीं है अतः तीन सो एक दिए गए अनुक्रम दिए गए अनुक्रम का पद नहीं है अगर एन का मान पूरा पूरा आ जाता तो ये इसका अनुक्रम का पद हो जाता नहीं आया तो नहीं हुआ एक क्वेश्चन आप कर लेना है ऐसे ही। धन्यवाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में